अब से दीदी मां कहलाएंगी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उमा भारती ने उन्नीस सौ बानबे में, में लिया था जिसे 17 नवंबर को पूरे 30 साल हो जाएंगे और 17 तारीख से वे अपने परिवार से मोह और अर्थ के बंधनों को त्याग देंगी अब उमा भारती ने ऐलान किया है कि वे अब से दीदी मां कहलाएंगी उमा भारती के संन्यास को सत्रह नवम्बर को तीस साल पूरे हो जाएंगे जिसे लेकर उन्होंने अपने ट्विटर पर एक एक कर सत्रह ट्वीट किए और परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त करने और खुद के भी परिवार के उत्तर प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण की उन्होंने यह भी बताया कि उनके गुरु ने उनके राजनीतिक जीवन को लेकर कहा है कि देश के लिए राजनीति करनी पड़ेगी राजनीति में मैं किसी भी पद पर रहूं मुझे और मेरी जानकारी में सहयोगियों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा उमा ने ट्वीट में लिखा कि उनके गुरुदेव ने परिवार के संबंध में कहा है कि मैं परिवार से संबंध रख सकती हूँ लेकिन करुणा दया मोह या अर्थ नहीं रख सकती